की में सदा सदा के लिए जय जय जय हेलो दोस्तों आगे हम आपके सामने एक नई वीडियो लिखे वीडियो को लाइक जरूर कर देना सबसे पहले और अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हुए उस व्हाट्सअप ग्रुप से मैं आपको पार, पार्ट टाइम जॉब बताता हूं दूसरे चैनल पे और दूसरे चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाके वीडियो वॉच कीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए चलिए बजट को शुरू करते हैं